हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक और प्यली वीडियो में तो दोस्तों मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल डार्क गेमर पर मैं आपका दोस्त और होस्ट नितिन आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम अपने बताने वाले हैं कि हमारे फ्री फायर में नेक्स्ट डायमंड रॉयल कौन सा हो सकता है भाई हमारे वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाले फ्री फायर ने वो क्या है उसको समझाने वाला मैं आपको डिटेल में आज और दोस्तों एक आध अपडेट्स के में और बताऊंगा बस और कुछ नहीं दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों करते हैं वीडियो हमारा एक पोस्टर निकला क्या आया है इंस्टाग्राम से वो पोस्टर ये है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसमें हमको कुल दस बंडल दे रखे हुए हैं इसमें से द, बोला गया कि द, जो भी तीन सबसे ज़्यादा वोट वाले बंडल होंगे उनको गेम में वापस दिया जाएगा मतलब गेम में वापस जाएगा मतलब कैसे दिया जाएगा वो भाई आपको मैं बता दूंगा आने वाली वीडियो में तो दोस्तों गेम में वापस दिया जाएगा मतलब ये तो पक्का है कि आपको गेम में मिलने वाला है बंडल तो दोस्तों वो फ्री में मिलेगा या डायमंड में मेरे साथ भाई थोड़ा बहुत डायमंड खा के खाया फिर दोस्तों कोई बात नहीं मैं देख सकते आप दोस्तों हमारा क्रिमिनल बंडल आ चुका है भाई ओ पी इंदर चैट बोलता है जो जो निकाला जाता वो निकालो भाई पर भाई हमने निकालें भाई इतना ज़्यादा पैसा नहीं है भाई थोड़ा बहुत दिन और रखेंगे दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ अपना नेक्स्ट डायमंड रोल कौन सा देखो पहले आई दोस्तों डायमंड रोल अपना क्या है भैया डायमंड रोल क्या आ रखा है अपना भाई डायमंड रोल है ये लड़की वाला अंदर भाई दिन बाद ऐसे चेंज जाएगा तो पाँच दिन बाद कौन सा अंडर लाएगा डायमंड रोल का दोस्तों में बता दूँ पाँच दिन डायमंड रोल का अंडर लाने वाला ला है जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ रुको दोस्तों तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टाइम है वो ये हो सके होने वाला है तो दोस्तों देखो ये अला ऊपर भाई बंडल तो बहुत खतरा है इसमें से एनिमेशन हो रही है इसके शोल्डर पे देखो अभी गोर से शोल्डर पे भाई इसके शोल्डर पे एनिमेशन बहुत खतरे हो रही है तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो वो बंडल बहुत अच्छा है पर भाई देख लो आप देख भाई ये बंडल आ रखा है हमारे कौन से सर्वर पर भाई अपने न्यूयॉर्क सर्वर पर आ रखा है या अमेरिकन सर्वर पर आ रखा है यूएसए वाले पे तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट डायमेंड रोल हो सकता है तो देखो दोस्तों यार नेक्स्ट डायमेंड रोल हो सकता है मैं कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि यहाँ नेक्स्ट डायमेंड रोल हो सकता है तो दोस्तों तो तो तो मेरे को मेरे बंडल भाई बहुत देखते है देखते हैं भाई इस बंडल का नाम है पूरी ट्राई पूरी ट्राई और भाई दोस्तों इस बंडल को मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूँगा तो दोस्तों आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो तो दोस्तों बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में